हमारी महंगी कीमत लगा दोगे ये एक सस्ता बहन है तुम्हारा कि हमारी महंगी कीमत लगा दोगे ये एक सस्ता बहन है तुम्हारा बैंक के बैलेसिल गए लोगों के बाल तक नहीं खरीद पाए हमारा